या है करम है, तुझे मुझे सन लाया है तुझे मुझे सन लाया है तुझ पर मर गई था तुझ पर मर गई तो मुझे जीना I love you. पल नोए जुदा मेरा नाम मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रासते मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोचना सके